आप ही है सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी के लिए तू तो तो तो तो ते समझा हाँ। नहीं तू समझा नहीं आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे तेरा बाप आया क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला के आंचल में पला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला